अल्लाम दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे पिछले वीडियो में हमने त्रिभुज के यानी ट्रैंगल के सभी फॉर्मूला को सभी चित्रों को या सभी लगभग सभी फॉर्मूला के ट्रंगल के सभी फार्मूला को हमने पढ़ा था आज हम पढ़ेंगे सर्किल सर्किल का मतलब हो गया वृत्त चलिए पहले हम आपको सर्किल बना दिखा देते हैं सर्किल का मतलब हो गया वृत्त वृत्त का मतलब हिंदी होता है सर्किल ये हिंदी होता है वृत्त और इंग्लिश में उसको बोलते हैं सर्किल जैसे ये एक गोल वाली आकृति कोई भी गोल रोटी देख लीजिए आप किसी भी गोल आकृति को ले लीजिए कितना बड़ा या छोटा कुछ भी ले लीजिए ये क्या है ये इसका सर्किल है ये सर्किल के बीच में भी सर्किल बना सकते हैं कहीं भी ये इसका क्या है सर्किल है तो सर्किल जो है वो यानी वृत्त बोलते हैं इसको हिंदी में हिंदी में क्या बोलते हैं इसको दोस्तों इसको हिंदी में वृत्त बोलते हैं अगर आप लोगों को इसमें कोई डिफॉल्ट होगा कोई बात होगी तो आप लोग हमको कमेंट में जरूर बताएंगे वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे ठीक है दोस्तों अभी हम पहले पहले बना रहे हैं आप लोगों को इसमें जो गलती नजर आएगी हमको बताइएगा फिर हम उसमें सुधार लाएंगे इसको हिंदी में बोलते हैं वृत्त इसको हम दूसरे कलर से लिख देते हैं ताकि आप आसानी से पढ़ लें ये हो गया वृत्त ठीक है यह हम इसको हटाकर साफ से लिख देते हैं ये देखिए ठीक है अब ये वृत्त में बीच में एक सेंटर होता है ये सेंटर हो गया इसका सेंटर का मतलब इसको केंद्र बोलते हैं और इसकी यहां से यहां तक की दूरी कहलाती है त्रिजिया इसको हम आर से डिनोट करते हैं यही अगर यहाँ से लेके यहाँ तक मिला दिया जाए एक परिधि के एक ओर से दूसरी ओर तक तो ये पूरा कहलाएगा डी जिसको ब्यास कहते हैं एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं और अनंत व्यास हो सकती है ठीक है त्रिज्या जो है वो हमेशा त्रिज्या जो है वो हमेशा ब्यास की आधी होती है और ब्यास हमेशा त्रिज्या का दो गुना होता है ये हम अभी फॉर्मूला में देखेंगे जैसे अगर हम कह दें कि डी कितना होता है d होता है 2r आर त्रिज्या जो है ये ब्यास जो है वो हमेशा दो गुना होता है त्रिज्या का और यही अगर हम r को खाली लिखें तो r बराबर हो जाएगा d बट्टे टू यानी ब्यास बट्टे दो ये इसका एक बेसिक फॉर्मूला है इसके ये पूरे गोल वाला यहाँ से यहाँ तक जो है ये पूरा इसको हम परिधि बोलते हैं बीच में जो ये बिंदा है मोटा वाला ये ये जो देख रहे हैं आप लोग ये केंद्र है यहाँ से यहाँ तक इसका ब्यास हो गया ठीक है और ये अगर आधा यहाँ से यहाँ लेंगे या यहाँ ले लें या यहाँ ले लें यहीं ले लें ले, कहीं भी खींच दें तो ये इसकी क्या कहलाएगी तिरिजा कहलाएगी त्रिज्या हमेशा आपस में सभी बराबर होते हैं और ब्यास आपस में अपने आप में बराबर होता है एक वृत्त में अनंत ये जो खींच सकते हैं हम ये जीवा हो गई और वह सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र को होकर जाती है वही उसका क्या कहलाता है ब्यास कहलाता है ठीक है दोस्तों तो आप हम इसके कुछ बेसिक फॉर्मूला को देख लेते हैं ठीक है तब फिर हम आगे दूसरे का कर बात करेंगे देखिए दोस्तों वृत्त की जो है वो परिधि और त्रिज्या दो देखेंगे और एक आता है अर्धवृत्त उसके बारे में हम आगे आपसे बात करेंगे पहले देख लेते हैं वृत्त के लिए वृत्त के लिए अभी हमने आपको बताया था कि वृत्त में व्यास और त्रिज्या दोनों होती है वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा अच्छे सॉरी दोस्तों आप लोगों को बताना भूल गए के वृत्त में एक कांस्टेंट मान यानी कांस्टेंट वैलू का यूज किया जाता है जिसको पाई कहते हैं पाई इसको हम लोग पाई बोलते हैं पाई इसका असल में पूरा शुद्ध वैलू तो अभी तक नहीं पता शुद्ध मान तो नहीं पता लेकिन अभी तक इसका सत्ताईस इस डिजिट तक निकल चुका है लेकिन शुद्ध मान वो नहीं है लेकिन हम लोग जो मान के चलते हैं तो पाए का मान जो है वो बाईस बट्टे लेते हैं बाईस बट्टे जब ना कहा जब तक ना कहा जाए अगर कह दिया जाए कि सवाल में आपको 3.14 लेना है तब आपको 3.14 लेना है जिसको हम बोलने की भाषा में 3.14 या तीन दशमलव एक चार कह सकते हैं ठीक है अब हम इसके फॉर्मूला पर बात करते हैं पाए का मान आप लोगों को पता चल गया अब हम इसके फॉर्मूला पर आते हैं तो इसका फॉर्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल पाए R स्क्वायर इसका मतलब ये हो गया कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है R स्क्वायर इसका मतलब हो गया पाए गुना R गुना R R दो बार गुना है ठीक है और इसका अगर यही बात परिधि कर लें यानी ये अभी जो हम बात किए थे ये पूरा गोल वाला गोलाई तो ये परिधि इसकी परिधि होती है टू पाए आर टू पा आर यानी दो गुना पाए गुना R R का मतलब हो गया त्रिजिया इसी को अगर हम पाई के जगह पर पूरा पाई ने लिखे अगर वेल्यू लिख दें पाई का 22 बट्टे सात मान लिख दें अगर 3.14 को अभी फिलहाल हम छोड़ दें तो ये हो जाएगा 44 बट्टे सात आर ठीक है दोस्तों ये कब होगा जब हम पाई का मान 22 बट्टे सात लेंगे अगर 22 बट्टे सात से दूसरा कोई मान ले लेंगे इसके अलावा तब ये मान नहीं होगा तब ये मेरा फॉर्मूला यही रह जाएगा ठीक है दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा ठीक है अब हम आगे देखते हैं एक एक करके हम सभी टॉपिक के बारे में जानेंगे अब एक आता है अर्धवृत्त देख लीजिए अर्धवृत्त दिखाते हैं हम आज आप लोगों को अब दिखाते हैं अर्धवृत्त अर्धवृत्त का मतलब होता है आधा वृत्त आधा वृत्त जैसे मान लीजिए ये वृत्त है ये सर्किल है ठीक है और इसका हम यहां से आधा कर दें ठीक है दोस्तों जैसे देख लीजिए ये ये सर्किल है ना और इसका हम यहाँ आधा कर दें ये आधा तो ये हो गया इसका अर्धविर इधर वाला भाग ऐसे बना दें यहाँ ये हो गया इसका अर्धविर और ये वाला भाग इधर ऊपर कर दें तो ये इसका अर्धवि ये दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा पूरा वृत्त ठीक है दोस्तों तब हम इसकी फॉर्मूला के बारे में देखते हैं अर्धविर तो अभी हम बात किए कि आधा विरित्त आधा इसका मतलब वृत्त की जो परिधि या वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका आधा करेंगे तो अर्धवृत का निकल जाएगा जैसे मान लीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाएर स्क्वायर इसको हम अगर दो से भाग दे दें तो देगा एक बट्टे दो पाय आर स्क्वायर ठीक है क्योंकि एक बट्टे दो यहाँ दो से भाग दिया तो एक बट्टे इसका अलग हो गया ठीक है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया आप देखते हैं इसका परिधि तो वृत्त का परिधि और अर्ध के परिधि में थोड़ा सा फर्क है चलिए देखते हैं वो क्या फर्क है ठीक है दोस्तों देखिए वृत्त का परिधि जो है वो वृत्त का परिधि पूरा ये परिधि इधर से ले लिए और एक ठो की लेते हैं बस परिधि हो गया टू पाए एक आ, आ, होना चाहिए क्या कि अर्धविर अर्धविद का मतलब हो गया ये ऐसा ठीक है तो आधा पाए यहाँ से तो यहाँ ये यह आधा टू पाए का आधा हो गया खाली पाए हो जाएगा लेकिन एक आर तो इसके साथ जुड़ा हुआ है यहाँ वाला जैसे देख लीजिए ऐसा आर ये जुड़ा हुआ है है ना और इसका है ही आर जो है ये दूथ आर ये प्लस में इसके साथ हो जाएगा ठीक है तो इसको हम कैसे लिखेंगे यहाँ देखिए अभी हम एक साथ लिख के दिखाते हैं आपको फिर वहाँ भी दिखाएंगे आपको ये एक पी टाइप में आपको दे देंगे हम अपने टेलीग्राम चैनल पर आप लोग वहाँ से ये पीडीएफ ले सकते हैं तो अर्धवृत्त का परिधि क्या हो जाएगा अर्धवृत्त का परिधि हो जाएगा पाए आर प्लस टू ठीक है दोस्तों ये होता है अर्धवृत्त का परिधि ये परिधि आप लोगों को कहाँ मिलेगा इसमें पीडीएफ में तो ये देख लीजिए यहाँ अभी आप लोगों के सामने लिखा होगा यहाँ देखिए सेमी पेरीमीटर ये है अर्धविदित का परिधि और अर्धविद्ध का पूरा परिधि क्या होता है अर्धवि का ये सॉरी अर्धवित का क्षेत्रफल क्या होता है वन बट्टे टू गुना है दोस्तों अब हम बात करते हैं आप लोगों के सामने वृत्त का अगर हम चौथाई हिस्सा कर दे तब चौथा हिस्सा कर दे तब क्या होगा ठीक है जैसे मान लीजिए ये एक वृत्त है ये एक वृत्त बना लिए इसका हम चार हिस्सा कर दिए आधा इधर आधा इधर अगर हमको इस भाग का खाली क्षेत्रफल निकालना हो तब आसान है बिल्कुल आप लोग भी निकाल सकते हैं तो ये कैसे जब आप अर्धवृत्त का पूरा यहाँ तक का क्षेत्रफल निकाले तो पूरे क्षेत्रफल में आप क्या किए दो से भाग तो आज चौथाई हिस्सा का भाग निकाल लेंगे तो क्या करेंगे पूरे क्षेत्रफल में चार से भाग क्योंकि चार भाग में बट गया ये बटा हुआ है ना एक भाग दो भाग तीन भाग चार भाग तो चार भागों में ये बटा तो इसको चार से भाग देंगे जैसे देख लीजिए वृद्ध का क्षेत्रफल होता है पाय आर स्क्वायर और इसमें हम चार से भाग दे देंगे हो गया और विदिथ का क्षेत्रफल इसी को कहीं कहीं लिखा रहता है वन बट्टे फोर पायर स्क्वायर ठीक है दोस्तों तो विलित के बारे में उम्मीद करते हैं आज आप लोग समझ गए होंगे अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों में दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें चूंकि हम आप लोगों के लिए ही काम करते हैं और हम साथ चाहते हैं कि आप लोग हमसे जुड़े रहें और हम भी आप लोगों से जुड़े रहें धन्यवाद अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब आप लोगों को स्क्वायर और अगले अगले सवालों के बारे में बताएंगे ठीक है दोस्तों धन्यवाद